हम कभी-कभी सोचते हैं कि लाहौर से पर <laughs> ऐसा <laughs> नहीं ना हो गया दिक्कत है किसी को हम कभी कभी सोचते लाहौर से लाए <laughs> <laughs> लेकिन लेकिन दिक्कत होगा उसे उस पैदा होते बम मारने लगेगा <laughs> क्या आप लोग का विचार है सामत है चलिए ध्यान समझते बहुत गधा खचरा लड़का है सर करे सर लाहौर में शादी वहां कीजिएगा हम लोग का ध्यान रख के जहां साली जादे हो सर <laughs> चलिए ध्यान अरे तुमको क्या लगता है तुम तुम खुदरा सोच रहा है दहेज में लाहौर लाया जाएगा <laughs> नहीं लाया जाएगा चलो आगे देखते छोड़िए सबको वो कभी नहीं सुधरेगा हम बहुत कोशिश किया हमसे ज्यादा इतिहास मान के चलिए आप विद्यार्थी हैं इतिहास नहीं ना देखे आप लोग इतिहास पढ़ने के लिए देखें क्या हाँ रिजल्ट के लिए कि हमको नंबर लाना है हम लोग इतिहास आपको पढ़ाना रहता है हर चीज देखा इंसान कहां जा रहा है वो वो कभी नहीं सुधर सकता है उसका केवल दो लोगों के पास इलाज है एक इजराइल के पास दूसरा परमाणु बम इसराइल के पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा रहता है नॉट एक्सेप्टेड इन इजराइल इजराइल में अलाउ नहीं है समझ आ गया कि नहीं क्योंकि इजराइल वाला बिरयानी बना खा जाता है इन लोग नहीं छोड़ता है ऐसा मार आप भी हमारा कब्जा किए हैं हम भी आपको गाजा जैसे वो वाला क्लिप कार्ट के पूरा नेपाल में वायरल कर दिया सर अब हमको दिक्कत है नेपाल वाला खोज रहा है सर या पाकिस्तान वाला खोज रहा है चलो कोई बात नहीं हमारा हिंदुस्तान ठीक है भारत में हमारे मतलब कहा समझो भाई यहाँ पे उदारी वाला सीधा दिख रहा है अरे वो बड़े सी, सीधा दिख भले ले रहा है, है नहीं, नहीं